वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आपके सामने फिर से एक नई क्लास लेकर के आया हुआ हूं फिटर ट्रेड जिस की जिसमें कि मैंने कल आपको मेटल्स का पार्ट वन करा दिया हुआ था आज मैं मेटल्स चैप्टर का पार्ट टू यहां पे कराऊंगा अब हम यहां पे देखेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल मतलब कि धातु आधातु में difference क्या है सबसे पहला है भार मतलब weight के अनुसार धातु का सबसे ज्यादा भार होता है और ज्यादा होती है और इसके अकॉर्डिंग नॉन मेटल नॉन मेटल्स में साइनिंग साइनिंग होती होती होती है होती है होती है बट इतनी नहीं जितनी मेटल्स में नेक्स्ट पॉइंट हमारा चालकता मतलब मतलब कि मेटल में चालकता का पाया जाता है और नॉन मेटल्स में चालकता का नहीं पाया जाता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेटल मतलब चुंबकत्व लोहे में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है और नॉन मेटल में चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अवस्था मैटर ये ठोस ये ठोस रूप में पाया जाता है Metal, मेटल धातु के अंतर्गत आती है पतली चादरों के रूप में बनाया जा सकता है जबकि नॉन मेटल को नहीं बनाया जा सकता है थर्ड हमारे धातुओं का दलनाम अधिक होता है और नॉन मेटल में कार्बन और सिलिकॉन को छोड़कर सभी धातुओं का कम होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट धातुओं को चोट लगाने पर एक विशेष प्रकार की आवाज आती है और अधातुओं में किसी तरीके की कोई भी वायु नहीं आती है धातुएं प्रायमा तथा बिजली की सुचालक होती हैं और अधातुओं में कार्बन और ड्रेफाइड को छोड़कर सभी धातु कु की श्रेणी में आते हैं इस तरह के मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस नेक्स्ट हमारा फेरस मेटल मतलब कि लॉ धातु। मैग्नेटाइड फिर, फिर, फिर अलग अलग होता है अब इसमें मैग्नेटाइट में आयरन का परसेंटेज 72% होता है और इसका जो कलर नेक्स्ट हमारा हीमेट इसमें आयरन का सेवेंटी परसेंट होता है ये ऑक्साइड फॉर्म में रेड कलर में पाया जाता है नेक्स्ट हमारा हीमोन जिसमें सिक्सटी परसेंट लोहा पाया जाता है और इसमें ऑक्साइड का कलर जो होता है ब्राउन के रूप में होता है नेक्स्ट हमारा सीडर जिसमें कि आयरन का फोर्टी होता है जिसमें कि ऑक्साइड का कलर जो होता है वो ब्राउन में पाया जाता है है। है। मतलब इसे को लोहा लोहा या कहा जा सकता कभी-कभी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता कि पिग किसे कहते हैं पिग एक अशुद्ध लोहा है ये ब्लास्ट में बनाया जाता है जिसमें कार्बन का चार होता है तथा आयरन का 93% होता है अब कलेक्टर पीक आयरन की प्रॉपर्टी क्या क्या हैं? फोर्जिंग, जिन बेल्ट का चुंबकी चुंबकित नहीं कर सकते हैं इसका उपयोग पिलर बेस प्लेट तथा दरवाजों के पाइप पाया जाता है। में का है, में सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत होता जो कि 3 से 4% कार्बन पाया जाता है किस फर्नेस में बनाया जाता है कास्ट में बोला बनाया जाता है अब कास्ट आयरन के भी चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सबसे पहला है हमारा ग्रे कास्ट है, जिसमें अधिकतर कार्बन फ्री फॉर्म ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है नेक्स्ट ने हमारा व्हाइट कास्ट है, इसमें अधिकतर कार्बन कंबाइंड फॉर्म और कार्बाइट के रूप में होता है हमारा मैलिएबल कास्ट आयरन इसमें Fe2O3 के साथ 950 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर गल करने पर आघात सह नहीं कर सकता है मतलब इसकी कैपेसिटी जो होती है 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर गल करने पर यह आघात सह नहीं कर सकता नेक्स्ट हमारा एक चीट कास्ट आयरन इसकी ढलाई ठंडे किए गए में की जाती है ऊपरी अब इसके करेक्टर इसके ध्वन क्या क्या है यह सबसे घटिया किस्म का लोहा है मतलब ये अशुद्ध लेवा है यह बहुत कमजोर तथा ब्रिटल होता है इसका उप्यो, इसका उपयोग उपयोग सीधे मशीनिंग है। नेक्स्ट हमारा है रॉट आयलन जिसमें की कार्बन का जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट से जीरो पॉइंट थ्री परसेंट तक कार्बन होता है यह उठली बनाया उपयोग रॉ टाइल का उपयोग चेन हुक रिबिट पाइप तार स्टील इन सब चीजों को बनाने में उपयोग किया जाता है में के कौन कौन से रूप हैं ये मैंने आपको बताया इसकी प्रॉपर्टीज, यूजेस। नेक्स्ट हमने बताया आपको रॉ ट फिर यूजेस। इस तरीके से आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई कल की क्लास मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो